चौक दूध था बहुत ही अच्छा दूर दिखाता है उसे मैनी गोवा पढ़ा जाता है पढ़ा जाता है और ये जो रोड दिख रहा है हमारे मेरे पीछे ये चौक का रोड है बहुत ही अच्छा इसलिए दिख रहा है ये रोड जो दिख रहे हैं दस मीटर के करीब वाटर पार्क मिलेगा इसी रोड के सामने राइट हैंड में हाँ तो हम लोग बासुकी चौक पहुँच गए हैं यहाँ से स्टार्ट होता है बासुकी जो काफ़ी अच्छा व्यू है देख सकते हैं आप लोग ये नदी के ऊपर बनाए गए पुल या पुलिया जिसको बोलते हैं बहुत अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे और इन चारों मतलब किनारे किनारे बीच जैसा बन गया है तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ होते हैं बहुत सारे आदमी दर्शक भी आते हैं दर्शक मतलब <laughs> तो बहुत सारे पर्यटक क्षेत्र है ये दुमका किलो से करीब पंद्रह किलोमीटर दूर तो बस गाड़ी उतार दी दिखा दिखा के मेरा हाँ बनाया गया क्यों तो नाव में सफर करेंगे ठीक है ये चाहिए। तो दोस्तों ये है कि कुछ बासकी चौक तुमका देखिए इसका व्यू देखिए मज़ा आएगा शायद तो मैं भी हो सकता नहीं भी आ सकता अगर आप बड़े शहर से हैं तो ये मज़ा नहीं लग सकते हैं ये इसको मिनी गोवा भी कहा जाता है क्योंकि एक बीच तरह बीच होता है ना बीच ही बोलता है ना उसको समुद्र के किनारे चारों तरफ बैठते हैं बहुत सारे आदमी मिलकर परिवार के साथ तो लोग उसी तरह का है तो हम लोग के लिए तो ये एक बीच ही है आप, आप लोग Oh <laughs>